हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग टॉक में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने फिल्मोरा में से वाटर मार कैसे सके। दोस्तों आज की इस वीडियो मेंसेंट वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक है यह कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों तो चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को हम शुरू करते हैं तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का अगर एंटीवायरस है तो सबसे पहले आप उसे डिसेबल कर ले तो जैसे दोस्त देख सकते हैं दोस्तों मेरे में क्विफील एंटीवायरस है तो मैं इसे पहले डिसेबल करता हूं आ, आपको दोस्तों स्कैन सेटिंग में जाना है और इसे स्किप फाइल कर देना है फिलहाल के लिए सेव चेंज कर देना है और फिर बैक आना वायरस प्रोटेक्शन पर जाना है और इसे फिलहाल ऑफ कर देना है मैं वन आवर के लिए इसे ऑफ कर देता हूँ यह मेरा दोस्तों क्विकल एंटीवायरस डिसेबल हो गया अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई ब्राउजर है तो आप ओपन कर ले तो मेरा क्रोम ब्राउजर है, है दोस्तों तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ दोस्तों फिर आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों आप चाहे दोस्तों तो इसे आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों इस ब्लॉग पर मैं टेक्स रिलेटेड आर्टिकल या पोस्ट में कर, डालते रहता हूँ जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन पर जाना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड फिल्मा क्लैक्स सॉफ्टवेयर तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोडिंग का लिंक आएगा जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर डाउनलोड करना है और यहाँ पर डाउनलोड एनी कर देना है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फ़िलहाल इसे पहुँच कर देता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे पहुँच कर दिया चलिए दोस्तों दिखाते हैं देख सकते हैं दोस्तों मेरे में यहाँ पर ये यह डाउनलोडेड है इसे दोस्तों आपको सिर्फ एक बार करके लेफ्ट क्लिक kl करके स्ट्रैक फाइल कर देना दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपको ओके कर देना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा स्ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों देखने में दोस्तों ये स्ट्रैक होना चालू हो गया ये कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा दोस्तों आपका अगर ये स्ट्रैक फाइल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों तो आपको सिंपली ए पर आना है इसी ब्लॉक पर और एक बैक आना है और फिर आपको इससे थोड़ा सा ऊपर एक डाउनलोड आर फाइल ओपनर होगा दोस्तों इसको क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों, तो अब दोस्तों दिखाते है। और इससे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों ये जो फिल्मोरा वाला सिक्सटी फोर का है इसे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए अब दोस्तों बात रह गई ये फिक्स ये फिक्स आर एर जो फाइल है दोस्तों इस बार वन बार क्लिक करके इसे एक बार लेफ्ट क्लिक करके इसको भी स्ट्रक फाइल कर देना है दोस्तों इसे भी स्ट्रक फाइल करके ओके यहाँ पर दोस्तों एक्टिवेशन कोड मांगेगा दोस्तों कोड आपको वन डालना है और ओके कर देना है फिर यहाँ पर आपको प्रेस एनी की टू स्टार्ट बोल रहा है तो आप सिंपली इंटर बटन एक बार कर दीजिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग हो गया है दोस्तों ये कुछ देर में मेरा मेरा प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट कंप्लीट हो हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों ये गया 100% ये एक्टिवेशन फिनिश आपको यहाँ से सिंपली कट कर देना है इसे यहाँ से कट कर देना है और... तो चलिए दोस्तों में आपको एक वीडियो एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि उसमें वाटरमार्क आ रहा है कि नहीं तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फिल्मोरा ओपन कर लेना है तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा ओपन हो गया है और मैं इस ऑप्शन से एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ सिलेक पर, पर ले जाता हूँ जैसा कि देख सकते मेरा टाइम लाइन पर आ गया है अब मैं दोस्तों इसे सिंपली एक्सपोर्ट करके दिखाता हूं जैसा कि दोस्तों देख सकते है इसमें कोई भी वाटर मार्ग का नामो निशान नहीं आ रहा है तो ये 100% परसेंट वर्किंग आइडिया है दोस्तों इसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी जरूर ट्राई करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहे टेक्निकल इंजीनियरिंग टॉप को धन्यवाद